मेरे भाई याद रखना जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है दोबारा नहीं मिलेगी हदा इदाजा अल्लाह जब हम हम, हम उनमें से किसी को मौत देते हैं तो वो कहता है मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं अच्छे अमल करके आऊँ नक अमल करके आऊ में नक लोगों में शामिल होके आऊँ तो अल्लाह कहता है हर नहीं हर नहीं तो मेरे भाई मरने के बाद इंसान नौ आरजुए करेगा मौत के वक्त भी अल्लाह से यही आरजू करेगा और क्या वहां पर हमारी आरजू दोबारा मिल जाएगी पूरी करने के लिए नहीं ना वहां पर अफसोस करना पड़ेगा तो इंसान कौन कौन सी आरजुआ करेगा कुरान ने सब बदला दिया यानी कुंत तुराबा तु इंसान कहेगा आकाश में आज मिट्टी हो जाता क्या आज वहां पर मिट्टी हो जाएगा नहीं ना वहाँ अफसोस करना पड़ेगा फिर इसी तरीके से दूसरी आरजू करेगा मैंने अपनी अपनी जिंदगी जिंदगी यानी के लिए कुछ किया होता आखिरी से मतलब आखिरत के लिए आज हमने कुछ करा होता लेकिन नहीं ना अफसोस करना पड़ेगा तीसरी जो आरजू करेगा वो कहेगा या लई तनी लमकूत किताबिया अकाश मुझे मेरा नाम अमान आज ना दिया जाता उसको नाम अमान मिलेगा और अगर नाम है अगर उसको दाहिने हाथ दिखाता चौथी इंसान आर्जू करेगा या तनी खलीला। काश मैं आज को दोस्त ना बनाता फिर इसी तरीके से पांचवी आरज़ू करेगा इंसान या लई तना आता काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बर्दारी आज की होती मेरे भाई अभी हमारे पास टाइम है देखो ये वक्त बहुत कीमती है मेरे भाई जो भी टाइम मिल रहा है उसको अपने किसी न किसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हुए जिंदगी गुजारे फिर इसी तरीके से इंसान छठी आरजू करेगा या यानी तखल तुमार रसूल इस बीला आकाश मैं रसूल का रास्ता अपना देता फिर इसी तरीके से और भी आर्जू करेगा साथ करेगा या काश मैं भी इनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता मतलब मैं उन लोगों के साथ होता नेक लोगों के साथ फिर इसी तरीके से इंसान आठवीं आरजू करेगा या लई तनीदा काश मैंने आज अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता आजकल आप आप लोग देख रहे हैं ना कि अपने रब को रब नहीं मान रहे हैं हर तरह से एक दूसरे को समेटे हुए हैं फिर इसी तरीके से इंसान नमी आरजू करेगा याद बिना आकाश कोई ऐसी सूरत हो कि हम दुनिया में फिर भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को नुटलाए और ईमान लाने वाले में शामिल हो जाए तो मेरे भाई आरजुए पूरी करने का वहां वक्त नहीं मिलेगा तो मेरे भाई आज जो मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा मुफ्त की बातें आज कबूल नहीं करेगा तो फिर कर याद रखना उसे महंगे दाम में अफसोस खरीदना पड़ेगा तो मेरे भाई कहीं आपकी भी कोई आरजू अधूरी तो नहीं रहेगी तो मेरे भाई अभी से टाइम है हमारे पास लग जाए अल्लाह उसके रसूल पर लग जाए जो अल्लाह ने कहा उसको पूरा करे जो रसूल ने कहा उनकी सुनतों पर अमल करें तब हमारी उसके बाद की जिंदगी अच्छी है, है। अल्लाह ताल हम कहने को को सुनने से ज्यादा अमल करने की तो अपीकता परमा आमीन